असल मैं YouTube के ऊपर UI एंड UX के बारे में रिसर्च कर रहा था मैं ढूंढ रहा था कोई मुझे ऐसा चैनल देखने को मिल जाए के बारे में बता रहा हूँ मेरी नजरों में एक ऐसा चैनल गुजरा जो मुझे लगा कि आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए YouTube तो के ऊपर फिलहाल ये एक बेस्ट चैनल है जो कि उर्दू और हिंदी के अंदर आपको UI आई एंड यू सिखा रहा है तो मेरा तो कोई फायदा नहीं होने वाला लेकिन अगर आप UI आई एंड यू डिजाइनिंग सीखना चाहते हो या करियर बनाना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है ये छोटी सी वीडियो है इस चैनल का नाम है ग्राफिक्स गुरु ग्राफिक्स गुरु यहाँ पर इस चैनल को देख सकते हो ईजिली फॉलो कर सकती हो सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने और आपने इनकी प्ले को फॉलो कर लेना है अब इन प्ले से आपको फ़ायदा आपको जो बेनिफिट मिलेगा कि आपको यू एंड यू के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा क्योंकि जितने भी मैंने इंटरनेट के ऊपर कोर्सेज़ देखे हैं ना या फिर जो मैंने कोर्सेज किए हैं उन सब से हटकर इनका एक्सपीरियंस है ये आपको एग्जैक्ट जो कंपनी में क्या हो रहा होता है वो प्रोसेस सबको बताने की कोशिश करते हैं मैं ऐसा कहूँगा कि यू एंड यू के मामले में ये बेस्ट टीचर हैं आप इनसे सीख सकते हो और इनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहाँ पर ये इतवार को वेबिनार्स वगैरह करते रहते हैं मतलब लाइव आते रहते हैं जूम के ऊपर फ्री में होते हैं जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकते हो अगर आप लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा नाम है जैनवान आप लोग देख रहे थे टेक अवर वैली यूट्यूब चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग